फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए एस टेन के पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं रस की और यह एक वन शॉट टाइप का वीडियो है जिसमें हम सभी रस को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रस के परिभाषा की अगर आप इसे किसी किताब में देखेंगे तो सभी किताबों में यह परिभाषा अलग अलग लिखी रहेगी या फिर आपको अलग अलग लिखी मिल सकती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह वा सबसे आसान है और छोटा भी है किसी कहानी या कविता को पढ़ने सुनने अथवा किसी नाटक को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूत होती है उसे ही रस कह अब आगे बात करते हैं रसों के प्रकार या इनकी संख्या की तो रसों की जो संख्या है वह नौ है और इसके अस्थायी भाव भी नौ हैं तो सबसे पहले हम रसों और उनके अस्थायी भावों को देख लेते हैं उसके बाद हम इनकी परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वह नौ है पहला रस है श्रृंगार रस और इसका अस्थायी भाव होता है रति दूसरा है करुण रस इसका स्थायी भाव होता है शोक हास्य रस का हास्य चौथा है बीर रस वीर रस का उत्साह रौद्र रस रौद्र का होता है क्रोध छठा है भयानक रस और इसका स्थायी भाव होता है भय सातवां अद्भुत रस इसका स्थायी भाव बीस होता है शांत रस का निर्वेद वात्सल्य का स्नेह अब बात करें रस के अंग या अवयव की तो रस के चार अंग या अवयव है पहला है अस्थायी भाव दूसरा विभाव तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव जिसे व्याविचारी भाव भी कहा जाता है पहला है अस्थाई भाव ऐसा हमारे अस्थायी भाव कहलाता है इनकी संख्या नौ के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा है विभाव अस्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक ही विभाव कहलाते हैं इसके दो भेद है पहला है आलम्बन और दूसरा है चलिए अब हम आलंबन तथा उद्दीपन किसे कहा जाता है इसको समझ लेते हैं आलंबन आश्रय जिसके अंदर अस्थायी भाव जागृत होता है के भीतर अस्थायी भाव जगाने वाले कारक को ही आलंबन कहते हैं उद्दीपन दोबारा उस भाव को रस के रूप में परिणत करने वाला कारक ही उद्दीपन कहलाता है तीसरा है अनुभाव अस्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय द्वारा की गई चेष्टा को ही अनुभव कहते हैं इनकी संख्या चार है पहला है कायिक दूसरा है वाचिक तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक कायिक वाचिक और आहार्य तीनों यत्नज होते हैं जबकि सात्विक जो होता है वह अयत्नज होता है सात्विक की संख्या आठ है पहला है अस््र दूसरा है रोमांच तीसरा श्वेद चौथा कंप पांचवा स्तंभ छठा है स्वरभंग और सातवां है प्रलय और आठवां है वर्ल्ड चौथा है संचारी भाव आश्रय के अंदर एक भाव के बाद दूसरे भाव का संचरित होना ही संचारी भाव कहलाता है इनकी संख्या तैतीस है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पहला है श्रृंगार रस श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है इसके दो भेद हैं पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग पहला है संयोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका के परस्पर मिलन वार्तालाप आदि का वर्णन हो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है उदाहरण के लिए बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाये सौह करे मोहन हसे दैन कहे नट दूसरा है जहां पर नायक नायिका के बिछुड़ने का या अलग होने का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है उदाहरण के लिए हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही अस्थायी भाव रति होता है दूसरा है हास्य रस किसी वाणी वेशभूषा आकार इत्यादि के कारण मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं इसका स्थायी भाव हास्य होता है उदाहरण के लिए नाना वाहन नाना वैसा शिव समाज ने देखा तीसरा है करूरस करूरस की उत्पत्ति किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु विनाश आदि के अनिष्ट के कारण होती है इसका स्थायी भाव शोक है उदाहरण के लिए मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहा यहाँ खड़े हैं मामा पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा चौथा है बीर रस किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में अस्थाई भाव उत्साह के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहते हैं इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है उदाहरण के लिए चर्चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को राणा प्रताप का सर काट काट करता था सफल जवानी को दूसरा उदाहरण है बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो झांसी वाली रानी थी पांचवा है रौद्र रस क्रोध नामक अस्थायी भाव जब अनुचित कार्यों या अनुचित चेष्टाओं का उत्पन्न होता है तो वहाँ पर रौद्रस होता है इसका अस्थाई भाव है क्रोध उदाहरण के लिए उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा छठा है भयानक रस किसी अनोखी वस्तु को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं इसका स्थाई भाव भय होता है उदाहरण के लिए विशाल विकराल, ज्वाला लंक लीलिबे, कुकाल रसना पसारी सातवा है अद्भुत रस जब किसी वस्तु को देखकर मन में विस्मय आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न हो तो वहा अद्भुत रस होता है उदाहरण के लिए आगे नदियाँ बड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार आठवां है विभत्स रस किसी घिनौनी वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उससे ही विभत्स रस कहते हैं उदाहरण के लिए सिर पर बैठो काग आँख दो तो खात निखारत खींचत जीभ हिश्यार अति आनंद उधारत दोस्तों यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय